अब मेरे पास यहाँ पे एक डेटा है और मुझे इस डेटा पे समरी निकली हुई है बट कुछ कंफ्यूजन है जैसे कि मान लीजिए कि मनी ने नोएडा में 2447 का सेल किया हुआ है अब यहाँ मुझे देखना है कि कौन कौन सा से सेल है तो जनरली लोग डेटा में जाते हैं और फिर फिल्टर करते हैं आपको अगर पिबल टेबल लगा रखा है तो डेटा में जाकर फिल्टर करने की ज़रूरत नहीं है जस्ट यहाँ पर डबल क्लिक कीजिए डबल क्लिक करते ही एक नई सीट में एक नई सीट में मनी की नोएडा की डेटा फिल्टर होके कॉपी हो जाएगा और फिर आप देख सकते हैं तो इसका यूज आप डेटा ट्रैक करने के लिए भी कर सकते हैं जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक डेटा है और उस डेटा को 20 लोगों को मेल करना है और 20 लोगों का अलग अलग कंडीशन है अलग अलग फिल्टर है तो वहां पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं Okay. लेकिन एक प्रॉब्लम भी होती है होती है है है इसमें बहुत बहुत की आदत डबल क्लिक करने का कर। देखा है कि सारे लोग रिपोर्ट को देखने या कुछ सोचते समय जो है डबल क्लिक करते हैं अब ऐसे लोग यहाँ डबल क्लिक करेंगे तो बार बार सीट जनरेट होगी तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे कि टेबल राइट क्लिक करके हमारे पास होता है डेटा डेटा में यहां पे अनेबल शो डिटेल्स जो आपको दिख रहा है इस अनेबल शो डिटेल्स को मैं यहां से हटा दूंगा एंड फील ओके अब मैं डबल क्लिक करूंगा तो मेरा डेटा नहीं आएगा